जय पेरिया जय भीम और जय जय भूले जय भीम जय जय सावित्री जय भीम साथियों आज संविधान दिवस है और जैसे साथी सब साथियों ने कहा आज संविधान पे ही सबसे ज्यादा खतरा है खतरा यह है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू करने की पूरी पूरी कोशिश जारी तो और, जो, जो और जो मनुवादी विचार है उसकी जो स्थिति है वो तो हमको पहले से दिखाई देती है वो समाज को पहले से चला रही है वो कैसे वो ऐसे कि की घटना हम सबको याद है कि नौ साल के बच्चे को सिर्फ पानी का मटका छूने के लिए पीट पीट के मार दिया जाता है ये हमारा समाज है ये मनुवादी व्यवस्था है शर्म की बात है कितनी शर्म की बात है सोचना चाहिए हमें हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुझे रखने के लिए घोड़ी चढ़ने के लिए एससी के साथियों को पीट पीट के मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मनुवादी लोग कुछ तथाकथ सवर्ण लोगों को दिक्कत होती है उससे और इनकी मनुवादी व्यवस्था बिगड़ जाती है सोचिए मानवता की बेसिक चीजों की वजह से इनकी मनुवादी व्यवस्था बिगड़ जाती है क्योंकि मनुवादी व्यवस्था अपने आप में गैर मानवतावादी है अमानवीय है और इससे ज्यादा मानवीय व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों क्योंकि दुनिया में छोटा बड़ा तो है लेकिन छूट ऊंच ऊंच नीच तो है लेकिन छूट अछूत तो कहीं भी नहीं है कोई पवित्र और कोई अपवित्र ये वाली बात तो कहीं भी नहीं है और जैसे मनुष्यवृत्ति में अब यह बात ही है दोस्तों में आज जो आज, आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं समय भी कम है तो जल्दी से अपील करूंगा अपील यह है दोस्तों कि यह मनुवादी व्यवस्था जो लागू हो रही है इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा और अरे एक तो तो हमको हमको आज इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा इसलिए होना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये जो स्थिति है ये लगातार लागू होती जा रही है ईडब्ल्यू का आरक्षण इन्होंने दे दिया ईडब्ल्यूएस e e आरक्षण इन्होंने है पूरी तरह से गैर संविधानिक है क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसलिए थी कि सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी ये था उसका नियम और इन्होंने क्या कर दिया जिन लोगों को पैदाइशी मंदिर का अधिकार मिल जाता है जिन लोगों को पैदाइशी संसाधन का अधिकार मिल जाता है जिन लोगों को पैदाइशी जमीन का अधिकार मिल जाता है उन्हीं को आरक्षण दे दिया आप सोचिए तो सोचिए इस देश में निर्माण मजदूर कौन है कौन सी जातियों से आते हैं इस देश में किसान कौन है कौन सी जातियों से आते हैं खेत मजदूर कौन है? कौन सी से आते हैं हमको देखना चाहिए दोस्तों वो Stock, से आते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था चाहे गरीबी के तौर पे हो चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे शैक्षणिक तौर पर हो पिछड़ों को ही मिलनी चाहिए और यही उसकी व्यवस्था थी दोस्तों अब आखिरी बात मैं जल्दी से जो अपील आपसे करना चाहता हूं दोस्तों जो हम बार बार बार ये बात करते हैं कि मनुवाद मनुवाद ब्राह्मणवाद ये बातें है करते हैं हम लोग करते हैं ना लगातार है। तो मनुवाद ब्राह्मणवाद क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं इस मनुस्मृति में क्या लिखा है वो आपको बताना चाहता हूँ तो मनुस्मृति 2000 साल पहले लिखी गई मनु उनके द्वारा और उसने इस ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत किया है जातिवाद की जड़ों को मजबूत किया है और उसमें क्या लिखा है मनुस्मृति की और ये सारी बातें आप चेक करिए क्योंकि बुद्ध ने कहा है पहले जानो फिर मानो पहले आप तो समझना होगा तार्किक तौर पे समझना होगा अनुभव जो सीखेंगे उसी को मानना चाहिए, तो इसीलिए आप पढ़िए इस बात को कि मनुस्मृति के पहले अध्याय में ये लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए जांगों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए इसीलिए इसी अध्याय के नाइन्टी श्लोक में लिखा है कि और आठवे अध्याय में मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है आठवें अध्याय में यह भी लिखा है मनुस्मृति के कि अगर कोई शूद्र किसी अपर कास्ट को ऊंची आवाज में बात करे तो उसके मुंह में किल ठोंक देनी चाहिए मनुस्मृति यह भी लिखती है कि महिलाओं को जीवन भर पुरुष के अधीन रहना चाहिए पहले पिता के अधीन फिर पति के अधीन फिर लड़के के अधीन ये लिखा है मनुस्मृति में नवा अध्याय ये कोट कर रहा हूं आप जाके चेक करिए नवे अध्याय में लिखा है आठवें अध्याय में ये लिखती है मनुस्मृति कि अगर कोई धर्म उपदेश दे ब्राह्मण को तो उसके मुंह में गर्म तेल डाल देना चाहिए ये लिखती है मनुस्मृति तो ये ऐसी बातें जिस मनुस्मृति में लिखी है ऐसी बातें जिस मनुस्मृति में लिखी है उसके खिलाफ बाबा साहब ने संविधान बनाया है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा न्याय के आधार पर सब कुछ होगा और जाति में कोई किसी भी जाति का हो सब बराबर हैं सब साथी हैं चाहे है महिलाएं है, किसी भी जाति की हो सब बराबर हैं और एक और बात मैं बताऊं मनुस्मृति में सिर्फ शूद्र महिलाओं के बारे में नहीं लिखा दोस्तों सारी महिलाओं के बारे में लिखा है ये कि महिला को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है ये कहती है मनुस्मृति कि महिला को शिक्षा को कोई अधिकार नहीं है यह कहती है मनुस्मृति अगर संविधान नहीं होता दोस्तों तो क्या हम यहां पर बैठ सकते थे क्या हम बराबरी का अधिकार पा सकते थे क्या अपनी बात रख सकते थे तो एक और आखिरी अपील ये कि हाई कोर्ट में आप सोचिए ब्राह्मणवादियों की मनुवादियों की साजिश हाई कोर्ट में नाइनटीन से मनु की मूर्ति लगी है इस मनु की जो यह लिख रहा है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं है कोई शूद्र अगर किसी अपरकाश व्यक्ति के साथ में बैठ जाए तो उसके पीछे का हिस्सा आठवाद्याद है, है, है, ऐसी ऐसी की रचना करने वाला व्यक्ति मनु उसकी मूर्ति हाईकोर्ट में लगी है आप सोचिए जो संविधान से चलने वाला हाईकोर्ट है जिसकी जज संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं जिसके सारे अधिकारी संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं जो सरकार संविधान से चलती है उस सरकार की उस लोगों ने मनु की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाई है तो इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए आप होना चाहिए ना खड़ा सब बताइए हाथ खड़ा करके बताइए इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है ना तो दोस्तों हम 25 दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया था और कहा था ये महिलाओं के खिलाफ है ये शूद्रो के खिलाफ है उसी पर पस, 25 दिसंबर को सारे राजस्थान से लोग आएंगे और प्रदर्शन करेंगे और आप सब से महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई क्योंकि यह सिर्फ शूद्रो के खिलाफ नहीं है दोस्तों ये हर जाति की महिला के खिलाफ है ये हमको समझना होगा दोस्तों धन्यवाद चाहते जय भी और बहुत धन्यवाद सिंह